मोदी को चोर कहे जाने पर अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है इसके बाद मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला और उन्हें आदतन अपराधी करार दिया कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई भाजपा मध्य प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और कहा कि अब साबित हो गया है राहुल गांधी आद्यतन अपराधी है और पूरी कांग्रेस जमानत पर है उन्होंने कहा राहुल के बयान को न्यायालय ने उचित नहीं माना है न्यायालय ने राहुल गांधी को दो साल की सजा दी राहुल गांधी ने देश में गांधी हत्यारे वाला बयान दिया फिर देश और समाज से माफी मांगी और ऐसा अनेक लगातार उनके बयान सामने आते रहे जिसके कारण देश की बदनामी हुई है राहुल गांधी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि दूसरे देशों में जाकर कैसे भारत का अपमान किया जा सकता है जिस पर आज देश में राजनीतिक अद्यतन अपराधी की मोहर लगी है न्यायालय ने मोहर लगा दिया कि राहुल गांधी इस देश के एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं और गांधी परिवार यानी कांग्रेस तो आज देश की कांग्रेस ही जमानत पर है तो इसलिए दुर्भाग्य है इस देश का कि इस प्रकार के नेता आज भी बड़ी बेशर्मी के साथ समाज में जाने का समाज में इस प्रकार के वक्तव्य देने का प्रयास करते हैं जो आज भी झूठ बोल रहे हैं भारत के लोकतंत्र के मंदिर में आज भी झूठ बोल करके कहते हैं कि मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता मुझे संसद के अंदर वो रोज चिट्ठी लिख रहे हैं और संसद में बोलने के अवसर मिलते हैं तो पता नहीं क्या बोलते हैं तो ऐसे राजनीतिक आदतन अपराधी श्रीमान राहुल गांधी को इस देश से इस समाज से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 हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज आपके हक में आप देख रहे हैं दखल न्यूज